Guys, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं जी हाँ क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बाल कृष्ण जी हैं जिनके पास कंपनी के नाइन्टी फोर परसेंट शेयर है वही एक एनआरआई कपल के पास है जिन्होंने बाल जी को दो में साठ करोड़ रुपए का लोन दिया था और तभी पतंजलि की शुरुआत हुई थी और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव जिनके पास पतंजलि की जीरो परसेंट होल्डिंग है वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई नौ हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा है गाइस क्या आप इससे पहले तक पतंजलि का इफेक्ट जानते थे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे मेजी वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक